प्रथम शैलपुत्री च्वती ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटेति चंद्रघंटे कुंडी चतुर्थक पंचम स्कंदमाते षठम कायनीति चप्तम कालरात्रि महागौरती चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकर्ति